हे hey नमस्कार आप लोगों क्लासेस के प्यारे से YouTube पर स्वागत है आज लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा अच्छा दस की गणित की प्रश्नौली दस दशमलव दो की प्यारे बच्चों यदि आपने इससे पिछला वाला वीडियो देखा होगा प्रश्नौली दस दशमलव एक का तो आज प्रश्नौली दस दशमलव में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आने वाली प्यारे बच्चो हम डायरेक्टली लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं कुछ थियोरम है कुछ प्रमे है वो प्रमे हम लोग नहीं पढ़े हैं परंतु जब जिस सवाल में जहां पर उस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों वहां पर उसकी जो है व्याख्या कर दी जाएगी तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट सवाल आपको दिखाई पड़ा होगा दस का सबसे पहला सवाल आपका बहुविकल्पी है वो क्या कर रहा प्यारे बच्चों सवाल को पढ़िए और आइए हम लोग हल करते हैं आप लोग उसको देखिएगा क्या कह रहा है कह रहा है कि एक बिंदु से एक बिंदु से एक वृत्त के रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है यानी ऐसा समझो प्यारे बच्चों अगर हमने कहा कि ये कोई वृत्त हो गई ये कोई क्या हो गई प्यारे बच्चों वृत्त हो गई और जिसका केंद्र ओ मान ले और जिसकी त्रिजा क्या मान ले आर मान ले ठीक अब क्या कर रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है मतलब ये ये जो रेखा यहां से हम खींचेंगे इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी और ओस तथा Q की केंद्र से दूरी मतलब यहां कोई बिंदु Q है यहां पर कोई बिंदु Q है और इसकी जो केंद्र से दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है कितना है प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर है और यहां से यहां से जो रेखा है क्या होगी प्रश्न में आपसे पूछा है वृत्त की त्रिजा मतलब यहां से लेके यहाँ तक की दूरी आपको फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान से हम ज्ञात कर सकते हैं हमने पढ़ा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा है त्रिजा पे सदैव लंबौ यानी सदैव 90 अंश का कोण अंतरित करती है तो कोण के सामने वाली भूजा विकर्ण कहलाती है और यह वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी तो आपको आधार ज्ञात करना है तो आइए हम लोग आधार आराम से ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय से कि बड़ी भूजा का वर्ग तो ओ का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं शेष दो भुजाएं कौन है यहाँ P मान लें यहाँ QP का वर्ग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा OP का वर्ग आइए जो वैल्यू प्राप्त है उसको रखिए O से लेके Q की दूरी कितनी है 25 है और QP Q से लेके P की दूरी कितनी है 24 है और OP O से लेके P की दूरी कितनी है R है तो बोलो इसका वर्ग करोगे तो छह आएंगे और इसका वर्क करोगे तो पांच आएंगे ये आ जाएगा आर का स्क्वायर ये इधर आ जाए तो 625, ये प्लस इधर आएंगे तो माइनस आ जाएंगे पाँच बराबर आर का स्क्वायर प्यार बच्चों इनमें से घटा दिया जाए 15 में से छह घटाएंगे तो नौ आ जाएगा यहाँ 11, 11 में से सात घटा देंगे चार आ जाएगा मतलब 49 आएगा अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर, तो इधर अंडर रूट लग जाता है और इधर केवल आर बज गया ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो सात आ जाएगा तो प्यारे बच्चों जो आपसे पूछ रहा था कि इस वृत्त की त्रिज्या बताओ इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है सात सेंटीमीटर है अब जो ऑप्शन आप आपको दिखाई पड़ रहे होंगे उसी ऑप्शन पर आप टिक लगा लीजिएगा आपका वो ऑप्शन आप सही होने वाला है और ऐसा सवाल आपके हाई स्कूल के एग्जाम में बहुविकल्पी में एक प्रश्न जरूर पूछता है प्यारे बच्चो तो आप इसको डीपली से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वही आपका साथ दिया है चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर दो का जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा क्या कर रहा है आकृति में तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें प्यारे बच्चों आकृति की तब आगे सवाल की बात करते हैं प्रश्न में आपके आकृति दी गई है कुछ तो भाई आपके प्रश्न की आकृति ये दी गई है अब सुनिए क्या कर रहा आकृति में यदि टीपी और टीक्यू टीपी और टीक्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है और यदि पीओ क्यू पीओ क्यू एक सौ दस अंश हो तो पी टी क्यू यानी ये वाला कोड किसके बराबर होगा यही पूछ रहा है प्यारे बच्चों तो हम बिल्कुल आसान से सॉल्व कर लेंगे एक आपके इसी अध्याय में एक प्रमेय दिया है क्या होता है कि जब भी कोई जब भी कोई वृत्त पे जब भी किसी वृत्त पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया जाता है चक्रीय चतुर्भुज मतलब जिनकी जो चारों भुजाओं से घिरा हो तो जब किसी भी वृत्त पर चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण किया जाता है तो आमने सामने के कोड़ों का योग 180 अंश होता है अर्थात ये और ये दोनों 180, ये दोनों 180, तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे चूंकि त्रिभुज चतुर्भुज याद ऐसा हाँ चूकी चतुर्भुज O Q T एक चक्रीय चतुर्भुज है क्या है प्यारे बच्चों एक चक्रीय चतुर्भुज है अब बताओ जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोड एक अंश होंगे तो क्या होगा एंगल P O Q एंगल P O Q प्लस पीटी क्यू एंगल पी टी क्यू बराबर कितना 180 सौ अस्सी अब पीओ की वैल्यू दिया है 110 सौ दस और पीटी की वैल्यू नहीं पता यही तो आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों बराबर 180 110 को हम उधर कर कर देते हैं तो यार प्लस वाला उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है क्या हो जाता है माइनस तो 180 अस्सी माइनस 110, तो माइनस कर देंगे तो एंगल पी टी क्यू बराबर क्या आ जाएगा है? सत्तर तो आप मिलाइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सत्तर से मिल रहा है प्यारे बच्चों वही ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल सही जवाब है आपका तो आप इसका स्क्रीन लेना चाहते तो ले सकते हैं फिर हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर तीन की स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर तीन दिखाई पड़ रहा होगा क्या कर रहा है कि यदि एक बिंदु पी से होकर ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB बी स्पर्श रेखा रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो POA किसके बराबर होगा ठीक तो आइएगा इस हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं आज आजाद ध्यान से देखिए सबसे पहले जो प्रश्न कहा है पहले हम उसका एक आकृति बना लेते तब हम आपको सवाल को समझा रहे हैं ये कोई वृत्त हो गया भैया फिर आगे क्या करा कि जिसका केंद्र ओ हो जिसका केंद्र क्या हो ओ हो फिर उसके बाद क्या करा कि इससे खींची गई दो ठो दोपर्श रेखा है एक एक ये स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा ये है ठीक प्यारे बच्चों, अब ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हूं उस बिंदु का नाम पी ए, पी है ठीक अब आपको दिया है कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है प्यारे बच्चों 80 है ये आपके प्रश्न में दिया है कि ये दोनों रेखाएं 80 अंश के कोण पे झुकी हुई है 80 अंश के कोण पे क्या हुई है झुकी हुई है बात समझ रहे हैं आप अब आपसे करा कि आप ए फिर आगे क्या कह दिया बी फिर आपसे पूछ रहा है कि पीओ ए पीओ ए तब होगा जब हम इसको आधे आधे क्या कर दें डिवाइड कर दे आप समझ पाए यानी आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है क्या बच्चों ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। आपके प्रश्न में क्या कहा कि कोई वृत्त है कोई वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और इस पे दो स्पर्श रेखाएं एक PA और एक PB बी अंश के कोण पर झुकी हुई है तो बताओ पीओ का मान तो P -O -A का मान निकालने के लिए हम लोगों ने इस वाले कोड को बराबर से डिवाइड कर दिया मतलब एक लंब खींच दिया तभी तो हमको पीओ प्राप्त होगा ना तो आइए सबसे पहले अगर हम पीओ ए ज्ञात करना चाहते हैं तो मुझे टोटली यहां से लेके यहां तक का टोटल एंगल पता होगा तब हम पीओ ज्ञात कर लेंगे जब हम टोटल एंगल प्राप्त कर ज्ञात कर लेंगे प्यारे बच्चों तो आधे आधे डिवाइड कर देंगे तो हमको अगला वाला एंगल मिल जाएगा तो आइए सबसे पहले देख रहे देख पा रहे होंगे कि यार ये तो एक चक्रीय चतुर्भुज है अब जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग एक सौ होगा कि नहीं होगा होगा ना तो बस अब वही सब निकाल लेंगे प्यारे बच्चों तो चलिए ध्यान से देखते हैं भाई इस एंगल का नाम है ए ओ बी एंगल एओ बी प्लस एंगल ए पी बी एंगल ए पी बी बराबर 180 सौ अंश ठीक अब ए ओ बी का मान नहीं पता है यही तो ज्ञात करना है प्लस ए पी बी कितना है 180 है बराबर 180. ये सॉरी 80 है ये 80 वाला उधर गया प्लस 80 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा तो 180 सौ माइनस अस्सी घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा प्यार सौ तो एंगल ए ओ बी बराबर कितना आ गया 100 आपको तो ये ज्ञात नहीं करना है। आपको ज्ञात करना है एंगल पी ओ ए बिल्कुल ज्ञात कर ले रहे हैं एंगल पी ओ ए जो एंगल पीओ है वो एओबी का आधा है आधा इधर है आधा इधर है तो हम लिख देंगे एक बटे दो एंगल ए अब ए की वैल्यू रख देते हैं एक बटे दो गुड़े सौ कैंसिल कर दें तो पचास तो एंगल पीओ का मान पचास डिग्री आया चाहे पीओ बताइए चाहे पीओबी कहिए दोनों की वैल्यू कितनी आएगी पचास आएगा तो आप इसका आंसर जरूर मिला लीजिए अपने ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए ए जो है आपका क्या है करेक्ट है तो भाई चौथा प्रश्न आपसे क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा चौथा प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि की वृत्त के किसी ब्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होती है यानी क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि कोई वृत्त है कोई वृत्त है उस वृत्त के व्यास पर उस वृत्त के व्यास पर व्यास मतलब जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे ठीक व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा हो गई प्यारे बच्चों, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई करा कि आप सिद्ध करो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है पहले नाम तो दो इनको पी क्यू आर और S और जो वृत्त का व्यास है वो A और B समझे आप इतनी बात आप समझे तो जो आपने रचना किया है वो जरूर लिखेंगे माना कोई वृत्त है जिसका व्यास ए बी है उस पे खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू और आर एस है इतना लिखना पड़ता है क्या लिख देते हैं पहले बच्चों माना कोई वृत्त है माना कोई क्या है वृत्त है जिसका जो व्यास है जिसका व्यास वो कितना है ए बी है जिसका व्यास ए बी है ठीक व्यास पे खींची गई स्पर्श रेखा क्रमशः पी क्यू और आर्यस है तो व्यास पर खींची गई व्यास पर खींची गई अस्पर्श रेखा अस्पर्श रेखा क्रमशः रेखा है, पी जो पी क्यू है वो पैलल है आरस के तो पी क्यू पैलल आर्यस के तो प्यारे बच्चों हम इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जो कि आपको ये सवाल आसान कर देगा वो क्या है कि कक्षा नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उनके बीच खींची गई उनके बीच खींची गई तिरक रेखाओं के तिरक रेखा या कुछ भी एक रेखा हो तो बने जो एकांतर कोर होता था प्यारे बच्चों यदि एकांतर कोर समान होता है तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैलल होती है यही चीज बताया गया था एक बार मैं फिर से बता रहा हूं भैया एक बार आप ध्यान से समझिए कक्षा अच्छा नाइन्थ की क्लास में ये लाइन आपको बताई गई है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के पैरल है तो उनके जो एकांतर कोण हैं उनके बीच में खींची गई तिर रेखा पे बनने वाला एकांतर कोण आपस में क्या होता है इक्वल होता है तभी वो एक दूसरे के पैरल होती है भैया यानी हम कह दें कि अगर ये कोण 40 है तो ये भी क्या होगा 40 ही होगा अगर हमने कहा प्यारे बच्चों यहां पर अगर ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल क्या होगा साठ होगा जब ऐसी स्थिति आती है तब हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है पैरल है अब आप आग। बताइए आइए अब हम सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखना ए यहां रेखा का काम कर रहा है आप बताओ वृत्त की रेखा वृत्त के व्यास पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है प्यारे बच्चों नब्बे अंश का कोण अंतरित करती है ना अभी आपने इसे सबसे पीछे सभी सवालों में आपने यही पढ़ा कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के ब्यास पर समकोल अंतरित करती करती नहीं करती भैया बताओ ये पी ए स्पर्श रेखा ना 90 अंश अंश कोण कोण कोण अब अब बताओ बताओ ये ये ये भी भी तो रेखा है कितने का का अंतरित करेगी एकांतर ऐसे बना ना एक इधर हो गया अपोजिट अपोजिट तो ये दोनों क्या है एकांतर कोण और दोनों क्या है 90 है दोनों बराबर हैं तो जब दोनों बराबर हैं अतः तो ये दोनों रेखाए एक दूसरे की क्या है पैल है लिख देंगे चूंकि P A B P ए B A B S चूंकि P A B बराबर एंगल A B S क्यों बराबर है ये दोनों क्या है नब्बे आंसर ठीक बराबर है अतः अत लिख देंगे एकांतर को एकांतर कोण समान है क्या है एकांतर कोण समान है प्यारे बच्चों जब एकांतर कोण आपका समान है अतः लिख देंगे अतः अतः पी क्यू पैलल होगा आर एस के पी क्यू पैलल होगा आर एस के तो उम्मीद है कि आपको यह चौथा प्रश्न जरूर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम बातें करते हैं आगे प्रश्न की तो गाइज आपका पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि की स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है बिल्कुल आसान सा सवाल है आप ध्यान लगा केवल देखिएगा आपको सवाल समझ में आ जाएगा सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या कर रहा है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है यानी प्यारे बच्चों जो पांचवा सवाल है वो आपसे जो कहना चाह रहा है उसको हम समझा रहे हैं देखो ये कोई वृत्त हो गया ये कोई वृत्त हो गई ठीक अब ये वृत्त पे एक खींची गई स्पर्श रेखा हो गई इस स्पर्श रेखा का अगर नाम देना चाहते हो तो ए, या ए और बी दे दी ठीक अब ये जहां स्पर्श कर रही उसे हम स्पर्श बिंदु का नाम देते हैं। अब क्या करा देखो अस्पर्श बिंदु से डाला गया लंब स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब अस्पर्श बिंदु से जो डाला गया लंब है वो ये हम बात कर लेते हैं ये मान लेते हैं कि अस्पर्श बिंदु से डाला गया लंब क्या है पी क्यू है अब करा कि ये जो पी क्यू है ना वो वृत्त के, के केंद्र से होकर जाती है यही आपको सिद्ध करना तो वृत्त का केंद्र क्या है वो है केंद्र क्या है ओ है तो अगर हम रफली समझे प्यारे बच्चों तो इसको रफली हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम देख पा रहे होंगे जो जो QP है है है है है ये Q से लेके P तक आपने लंब लंब लंब खींचा वो AB पर AB पर पे क्या है है? अब अगर AB पे लंब है प्यारे बच्चों तो एक बात ध्यान से देखना कि इसी QP पर जो आपने क्यूपी लंब डाला है इसी लंब पर ये जो बिंदु O है वो भी स्थित है और जो कि वृत्त का क्या है केंद्र है तथा हम लिख सकते हैं कि अतः हम यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ठीक तो ये चीज हम यहां पर लिखेंगे आइए ध्यान से समझते हैं क्या लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे रचना में लिखेंगे माना कोई वृत्त है ठीक जिसका केंद्र ओ है जिसका केंद्र ओ है ठीक जिसका केंद्र क्या है ओ है तथा अस्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा ए बी है अस्पर्श रेखा क्या है ए भी है और अस्पर्श बिंदु और अस्पर्श बिंदु क्या है पी है अस्पर्श बिंदु क्या है पी है पी से डाला गया लंब या यापर्श बिंदु से अस्पर्श बिंदु से डाला गया लंब डाला गया लंब पी क्यू है पी क्यू है क्या है प्यारे बच्चों पी क्यू है अर्थात अर्थात हम यहां लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो लंब है ए पी पर या ए बी भी लिख सकते है? कोई दिक्कत नहीं पी क्यू लंब है ए पी पर ये इस पर लंब है तो अतः हम लिख सकते आगे लिखेंगे चूंकि जो O है क्यूंकि O पी क्यू रेखा पर ही स्थित है लिख दे रहे हैं चूंकि बिंदु O ध्यान से कि बिंदु O डाले गए लंब डाले गए लंब, लंब डाले गए PQ पर स्थित है PQ पर स्थित है किस पे स्थित है प्यार बच्चों PQ पर स्थित है अब बताओ जब ये PQ पर स्थित है यह बिंदु O अतः लिख देंगे अतः इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि अस्पर्श बिंदु से अस्पर्श बिंदु से डाला गया लंब डाला गया लंब स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है यह है प्यारे बच्चों आपके प्रश्न का जवाब ठीक ये रहा आपके पांचवे प्रश्न का जवाब थोड़ा सा थ्योरी टाइप था तो आपको लिखना पड़ेगा इतना ठीक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर छ का क्या कह रहा है बच्चों छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्ति के केंद्र से पांच सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई चार सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ प्यारे बच्चों बहुत ही गजब सवाल है अभी आपने ऐसा सवाल जो है जस्ट पहले वाले सवाल में पढ़ा था ये कोई वृत्त हो गया और ये वृत्त हो गई और वृत्त से ये कोई एक बिंदु है जो कि कितने दूरी पर स्थित है प्यारे बच्चो कितनी दूरी पर स्थित है पांच सेंटीमीटर दूर पर स्थित है यानी कर रहा है कि वृत्त के केंद्र ओ से पांच सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु ए है ना उसके बाद करा कि इसके रेखा की लंबाई इसके स्पर्श रेखा की लंबाई तो प्यारे बच्चों इसके जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो आपको दी गई है चार सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितना दिया है चार सेंटीमीटर है तो आगे पूछ रहा वृत्त की बता। बता। त्रिज्या बताओ वृत्त की क्या बताओ त्रिज्या बताओ तो प्यारे बच्चों वृत्त की त्रिज्या यानी ओ तो से लेके पी याद करना ओपी याद करना है ओपी ज्ञात करना तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ओपी का मान निकाल सकते हैं तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमे से तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बताइए जरा सा तो कहता बड़ी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा कौन है एओ का वर्ग शेष दो भुजाएं शेष दो भुजाएं कौन है एपी है कौन है एपी है एपी का वर्ग और प्लस कौन हो जाएगा ओपी का वर्ग चलिए अब एपी की वैल्यू आपको पता है देखिए एपी की वैल्यू पता है चार और ओपी की वैल्यू नहीं पता यही तो आपको याद करना प्यारे बच्चों एओ की वैल्यू पता है पांच तो पांच का वर्ग करेंगे पच्चीस इधर आ जाएगा चार का वर्ग सोलह प्लस ओपी का वर्ग अब ये प्लस सोलह इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सोलह विए हो जाएगा बराबर ओपी का वर्ग पच्चीस में से सोलह घटा दें नौ आ जाएगा ये आ जाएगा विए ओपी का वर्ग इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर वूट लग जाएगा ये आ जाएगा ओपी इसकी अंडर रूट से बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा तीन तो भैया ओपी बराबर कितना आ गया पहले बच्चों तीन आ गए तो इस प्रकार जो इस वृत्त की त्रिज्या होने वाली है वो कितना होगी तीन सेंटीमीटर होगा तो आप चाहो तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं आपको सतवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ा होगा क्या कर रहा है कि दो सकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं पांच सेंटीमीटर और तीन सेंटीमीटर है बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो यानी बहुत ही गजब सवाल है प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है क्या करा है कि दो सकेंद्री सकेंद्री का मतलब है यार ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र समान है चलो ध्यान से देखो मैंने कहा एक वृत्त ये बना लेते हैं छोटा वाला वृत्त इसकी त्रिज्या तीन सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या कितनी है तीन सेंटीमीटर ना अब इसी को केंद्र मान के एक बड़ा सा वृत्त बना ले देखो भाई आप लोग वृत्त पे ना जाइएगा सवाल पे देखिए और आपको आ, सरल सरल कॉन्सेप्ट मिलने वाले बस चलिए एक वृत्त हो गया अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है पांच सेंटीमीटर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है पांच सेंटीमीटर इसका नाम ओ इसका नाम ए अब ध्यान से देखिए अब वो क्या कर रहा था कि हमको बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात जीवा की लंबाई ज्ञात करना परंतु उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है तो प्यारे बच्चों देखिए छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करने का एक ही कंडीशन है कि अगर हम कुछ जीवा इस प्रकार खींचे तो ये जीवा छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही कर रही कि नहीं कर रही कर रही है ना प्यार बच्चों बस अब इसका नाम अगर हम दे दें ए और इसका नाम दे दे बी अब आप कह रहे होंगे सर ये भी ए ए तो थोड़ा सा हम लोग इसको बदलते हैं ये जो त्रिज्या है वो त्रिज्या हम चाहे जहां खींच सकते प्यारे बच्चों केवल केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए तो वो त्रिज्या हम लोग ए कुछ इस प्रकार खींच देते ये भी पांच सेंटीमीटर होगा तो अब आप ध्यान से देखिए तो अगर हम इसका नाम दे, दे दे पी क्या नाम दे दे पी तो अगर आप देख पा रहे होंगे जो ओपी है ओपी जो है वो लंबा है ए बी पर लिखे ओपी लंब है एबी पर ओपी लंब है ए बी पे अतः अतः हम यहां कह सकते हैं कि जो आपकी पीबी है वो एपी के क्या होगा बराबर होगा अतः पीबी बराबर क्या होगा एबी इधर की दूरी और इधर की दूरी आपस में क्या होगी बराबर होगी अब आपको पूरा ज्ञात करना एबी का मान ज्ञात करना तो बड़े वृत्त की जीवा बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जीवा की लंबाई तो प्यारे बच्चों बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई है वो कौन है एबी आपको AB ज्ञात करना है और AB जो ज्ञात करना है प्यारे बच्चों हम लोग आराम से AB ज्ञात करेंगे आइए सबसे पहले हम यहां से यहां तक ज्ञात करते हैं तो यहां से यहां तक ज्ञात करने का एक कंडीशन है ये देखो आपका नब्बे अंश का कोल है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा ये आपकी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी और ये आपका लंब हो जाएगा तो आइए हम आराम से ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ओपीए में त्रिभुज OPA में पहले आप बताइए तक इतना है ना क्या कह रहा था कि एक दो एक दो वृत्त है छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या तीन सेंटीमीटर एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या पांच सेंटीमीटर है अब कर बड़े वृत्त की जीवा की उस जीवा की लंबाई बताओ मुझे जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही हो भैया अगर आप एक यहां खींच देते यार ये जीवा तो इसको स्पर्श करती ही नहींपर्श करनी चाहिए बस उसकी लंबाई को तब वही हम लोग याद करने चल रहे ओपीए में ओपीए में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या कहता है ओ ए का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा ओपी का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा पी ए का वर्ग चलिए इस ये कितना है प्यारे बच्चों पांच है और ये कितना है तीन है और ये कितना है आपका ये ये पता नहीं इसी को तो ज्ञात करना है तो ये पच्चीस आ जाएगा ये तें का नौ आ जाएगा ये आ जाएगा पी का वर्ग ये नौ इधर आएगा तो प्लस नौ बराबर किधर आएगा प्यारे बच्चों तो माइनस नौ होगा ये आ जाएगा पी ए का वर्ग अब पच्चीस में से नौ घटा देते हैं प्यारे बच्चों तो पच्चीस में से नौ अगर घटाएंगे तो सोलह आ जाएगा कितना आ जाएगा सोलह बराबर पी ए का वर्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा पीए का वर्ग इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा आ जाएगा पी और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्या आ जाएगा चार सेंटीमीटर यानी प्यारे बच्चों यानी कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है चार सेंटीमीटर है तो अगला भी दूरी क्या होगी चार सेंटीमीटर होगा क्योंकि हम यह अभी हमने पढ़ा था कि जो पीबी और एबी पी पी है वो आपस में क्या है बराबर है तो हमको तो ए ज्ञात करना तो ए ज्ञात करने के लिए दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे अतः क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों अत बड़े वृत्ति की बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई जीवा की लंबाई तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई की बात करें तो इसमें दो चीज जा आ जाता है एक आता है पीए और एक आता है पीपी तो पीए की वैल्यू चार सेंटीमीटर अगले की भी वैल्यू चार सेंटीमीटर तो जोड़ दिए कितना आ गया आठ सेंटीमीटर तो इस प्रकार बच्चों आपका सतवा सवाल भी क्या होता है कंप्लीट होता है आप इसका स्क्रीनशॉट शॉट लीजिएगा उम्मीद है, है तो प्यारे बच्चों और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा तो भाई स्क्रीन पे आपको आठ नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा क्या कह रहा है दोस्तों आप सवाल को आराम से पढ़िएगा और जो चित्र बनाया गया है उस चित्र को सवाल से समझिएगा क्या कर रहा बाकी तो सवाल आपका मक्खन हो जाएगा एक वृत्त के परिगत ये कोई प्यारे बच्चों वृत्त है इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी ए बी सी डी खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों सिद्ध ये करना है बहुत ही मक्खन वाला सवाल है बिल्कुल आसान से हम लोग सिद्ध करेंगे सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए ab बी प्लस सी डी ए ठीक ab बी प्लस बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ad प्लस बी यही सिद्ध करना है ad प्लस बी यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है तो आइए हम लोग आराम से सिद्ध करते हैं कि आखिर ab और bc और ये cd कैसे क्या है बराबर ठीक तो भाई आपको यह सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए प्लस बी ये सवाल हम लोग हल करने से पहले एक इसके पीछे जो रचना है वो हम समझते हैं प्यारे बच्चों आप अगर यहां पर तो पहले दूसरे तीसरे सवाल से अगर आप ध्यान देते आ रहे होंगे कि जैसे ये कोई वृत्त हो गया और ये वृत्त पे खींची गई किसी बिंदु से स्पर्श रेखा हो गया किसी बिंदु से खींची गई ये रेखा स्पर्श रेखा है प्यारे बच्चों तो अगर हम इसे ए नाम दे दें इसे नाम दे दें बी, अगर पी ए चार सेंटीमीटर है प्यार बच्चों तो अगला पीबी भी, भी क्या हो जाएगा चार सेंटीमीटर हो जाएगा यानी कहने का मतलब है कि बाह बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता बाह बिंदु बाह्य बिंदु बाहे बाहर स्थित किसी भी एक बिंदु से बाहर स्थित किसी भी एक बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती प्यारे बच्चों बराबर होती तो वही रचना हम यहां पर करेंगे और इसी के मदद से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे प्यारे बच्चों तो देख पा रहे होंगे यहां लिखेंगे कि अगर देख पा रहे होंगे आप लोग प्यारे बच्चों तो यहां देखिए ए से ए से ये वाली रेखा और ए से ये वाली यानी जो ए है वो एस के क्या है बराबर है AP जो है वो AS के क्या है बराबर है हम यहां से ये चीज यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं कि लिखेंगे बिंदु A से बिंदु A से तो यहां से आप देखिए जो ये AB रेखा है और जो AD रेखा है AB और AD परस्पर S और P पर स्पर्श कर रहे हैं तो ये लिखेंगे हम लोग रचना में क्या लिखेंगे या उत्पत्ति उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि चूंकि जो ए बी रेखा है ए बी तथा तथा ए डी ए बी तथा ए डी परस्पर परस्पर एस और पी पर एस और पी पर या पी और एस पर पी और एस पर स्पर्श कर रही है स्पर्श कर रही है तो प्यारे बच्चों बताओ अब जब ये स्पर्श कर रही है, तो सेम सेम इसके जैसा हो गया यानी हम लिख सकते हैं एपी बराबर ए एस अब एपी बराबर ए एस ठीक ये हो गया कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए अब इसी प्रकार पुनः अगर हम ये लाइन लिखे पुनः ये लाइन रिपीट करें तो अब बी से बात करेंगे बिंदु बी से तो बिंदु बी से अगर हम बात करें तो बिंदु बी से बात करते समय जो ये बीसी रेखा है बीसी रेखा क्यों पर स्पर्श कर रही है और जो ए रेखा है वो किस पे स्पर्श कर रही है पहले बच्चों पी पर स्पर्श कर रही है यानी हम लिख सकते हैं पुनः है, ए तथा ए बी तथा बीसी ए -बी तथा बीसी परस्पर परस्पर P और Q पर क्या कर रही है स्पर्श कर रही है P और Q पर अस्पर्श कर रही है अब आप बताइए जब AB जो है परस्पर AB और जो BC है AB और जो ये BC है वो P और Q पर अस्पर्श कर रही है तो अतः हम लिख देंगे जो PB है वो किसके बराबर हो जाएगा BQ के तो जो PB है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा BQ के अतः इसी प्रकार अगर हम लिखना चाहें तो क्यों क्या आरसी बराबर क्यूसी डी आर बराबर DS ये चीज लिख सकते इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार लिखा जा सकता है जो DR आर है डी आर किसके बराबर डी एस के और अगला जो आर सी है वो सी क्यू के बराबर आरसी बराबर सी क्यू इतनी बात आपको समझ आई क्यों ये बराबर है क्योंकि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ये है एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ये है और प्रमेय कहता है कि, कि किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती सेम होती है प्यारे बच्चों अब अगर हम बात करें चित्र में ध्यान से देखें तो हमको AB CD बराबर ये लाना है तो अब यहीं से शुरुआत भी करेंगे आकृति से अगर देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों तो हम AB CD को क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखो AB AB को हम लिख सकते हैं AP PB AP AP और प्लस क्या लिख सकते हैं PB यानी AB बी को हम एपी और पीबी के रूप में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों अगली लाइन जो सी डी है सी डी उसको हम डी आर प्लस आर सी लिख सकते हैं डी आर प्लस क्या लिख सकते हैं आर सी लिख सकते हैं क्या आपकी इतनी बात क्लियर हो रही होगी प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा यह चीज हम लोगों ने कहा से पाया ये चीज हम लोगों ने चित्र जो AP है वो AS के बराबर है तो अब हम AP के स्थान पे AS रख सकते हैं और जो प्यारे बच्चों PB है जो PB है वो P, BQ के बराबर है इधर देखिए जो PB है वो किसके बराबर है BQ के बराबर है BQ के बराबर है और जो DR है जो आपका DR है वो DS के बराबर यहां देखिए DR जो है वो किसके बराबर है DS के बराबर है और जो आर सी है जो आर सी है वो किसके बराबर है सी क्यू के इधर देखिए आरसी के स्थान पर आपने क्या रख दिया सी क्यू रख दिया अब आपको चित्र से ध्यान देना कि, कि किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है किसको कॉम्बिनेशन बन रहा बच्चों एस और डी एस एस और डीएस यानी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए एस प्लस क्या कर देते हैं डीएस और इधर बी प्लस क्या हो गया सी अब आप देखिए ए और DS मिलके AD आ गया क्या आ गया AD और BQ BQ और CQ मिलके आ गए BC तो प्यारे बच्चों हम ये लिख सकते हैं AB प्लस सी ये आप मिला लीजिए देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए नहीं AB प्लस सी डी बराबर एडी प्लस बी हम इसको साठ रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से डाले गए जो स्पर्श रेखा होते हैं या बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है बस इसी रचना पे आपका पूरे सवाल कंप्लीट हो जाता है यह रहा प्रश्न नंबर आठ पे बच्चों आप इसका एक स्क्रीन शॉर्ट लीजिएगा फिर हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर नौ का तो भाई प्रश्न नंबर नौ आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ होगा क्या कर रहा है संलग्न आकृति में एक्स और एक्स एक्स वाई और एक्स डैश वाई केंद्र ओ से की दो स्पर्श रेखाएं हैं O केंद्र वाले इस वृत्त की ये दो स्पर्श रेखाएं हैं भैया ये कोई एक वृत्त है और इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा एक्स वाई है और दूसरा X डैश और Y डैश है और अस्पर्श बिंदु C और A है और अस्पर्श बिंदु क्या है प्यारे बच्चों सी है सॉरी ए नहीं है सी है? है आगे कर रहा है ए बी एक्स वाई को ए बी जो है एक्स वाई को ए पर क्या करता है प्रति एक्स वाई को बी पर प्रतिच्छेद करता है सॉरी सवाल आपका जो है ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा इसमें छोटा अच्छा लिखा इसलिए नहीं ध्यान दिए क्या करा जो ये ए बी स्पर्श रेखा है ना वो एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है ये सवाल है आगे करा तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर 90 तो सिद्ध करना है ए बी यानी पूरा ये टोटल एंगल क्या है 90 अंश है तो प्यारे बच्चों ध्यान से एक बार मैं सवाल आपको फिर से समझा रहा हूं यार देख लो ये कोई एक वृत्त है इस वृत्त की ये एक स्पर्श रेखा XY है दूसरी स्पर्श रेखा एक्स डे वाई डे ठीक इतनी फंडा बात क्लियर हो गए अब आगे कर रहा है कि इसकी एक स्पर्श रेखा AB जो कि एक्स डैश वाई डैस को B पर काटती है इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे आपको सिद्ध करना है एंगल ऑफ एओबी बराबर नब्बे तो जो पहले लिख करना है वही चीज लिख दे रहे हैं सिद्ध करना है क्या करना है सिद्ध करना है एंगल ऑफ ए ओ बी बराबर 90 अंश बिल्कुल आसान भाषा में हम अभी सिद्ध करने वाले बच्चे एकदम मक्खन वाले भाषा में क्या ध्यान से देखो सबसे पहले मैं रफली आपको समझा देता हूं देखो अगर मैं आपसे बात करूं यहां यहां यहां और ये ये पूरा एंगल की बात करूं तो टोटल एंगल एक अंश हो जाएंगे क्योंकि रैखी की क्यों बन जाता है ना अब बताओ जब टोटल एंगल 180 हो जाएंगे अगर ये वाला इसके बराबर हो जाए और ये वाला इसके बराबर हो जाए तो बात बन सकती है तो बात बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगशम सिद्ध कर देंगे और इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगशम सिद्ध कर देंगे ठीक तो चलिए सबसे पहले हम बात करते त्रिभुज ओ और ओ ना ओ पी ए और ओ सी ए त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए त्रिभुज ओ पी ए त्रिभुज ओ सी ए में ना अब ध्यान से देख लो ओ पी ए में जो ये वाला एंगल है ये भी नब्बे है और ये भी नब्बे होगा क्यों नब्बे होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं सदैव सम हम कह दे कि जो हमारी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे समकोण अंतरित करती है ना या लंबोत होती तो देख लो ये त्रिज्या है ये वृत्त की स्पर्श रेखा तो नब्बे अंश का कोल अंतरित करेगी तो वहां पर लिख देंगे एंगल P बराबर एंगल C क्यू बराबर है क्योंकि दोनों आपके क्या है समकोड़ है क्या इतनी बात क्लियर है अब आगे ध्यान दे लो भैया अगला क्या जो ओए है वो दोनों में काम है इधर के लिए भी उधर के लिए भी तो ओ ए बराबर ओए मतलब जिसे हम कहेंगे उभय कौन सी भूजा उभयनिष्ठ भुजा अगली बात करें तो अगली बात ये है जो ओपी है वो ओ सी के क्या होगा बराबर होगा क्यों बराबर होगा क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है त्रिज्या है आप इस प्रकार प्रूफ कर सकते हैं या हम दूसरे शब्दों में बात करें प्यारे बच्चों तो जो PA है और जो AC है वो भी दोनों आपस में क्या होंगी बराबर होंगी क्यों बराबर होंगी क्योंकि वो एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है तो आप चाहे जो भी कह सकते हो तो OP बराबर OC OP बराबर OC लिख देंगे वृत्त की त्रिजा अब बताओ कौन सा नियम लगा यहां। देखो साइड साइड एंगल तो एस एस साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से ये जो दोनों त्रिभुज हैं त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ओ सी ए के अब बताओ जब त्रिभुज ओ पी एसी सर्वांग सम हो गए तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस एंगल क्या होगा बराबर होगा क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत होते होते होते हैं हैं हैं आपस में सेम सेम टू बराबर तो लिख दे रहे हैं देखो अर्थात लिख देंगे एंगल ऑफ पी ओ ए या इसका अगर नाम दे दें एक और इसका नाम दो इसका नाम तीन इसका नाम चार ना तो हम लिख सकते हैं एंगल एक और एंगल दो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो एंगल एक एंगल दो कारण दे देते हैं भैया सीपीसी और समीकरण नंबर एक त्रिभुज के संगत हो जाए ना हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ ना अब भैया समीकरण नंबर एक बन गया यार जैसे आपने ये चीज किया ना वही सेम प्रोसेस हम इस वाले त्रिभुज में कर दें इन दोनों में चाहो तो आप लिख दो इसी प्रकार लिख दो या तो आप काम सर्वांग सिद्ध करके दिखाओ इसी प्रकार लिख लीजिए देखिए मैं दिख, आपको दिखा दे रहा हूं ओकी और ओसी वृत्त की त्रिज्या हो गई ओ की और ओसी वृत्ति की त्रिज्या हो गई और ये वाले भाई साहब समकोण हो गए और ये आपकी उभयनिष्ठ हो गई तो यस एस सर्वांग समता से ये भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो लिख देंगे इसी प्रकार क्या लिखेंगे इसी प्रकार अगला वाला जो त्रिभुज है ओ त्रिभुज ओ तथा और एक त्रिभुज है ओ त्रिभुज ओ एक दूसरे के सर्वांगसम सम है एक दूसरे के क्या है सर्वांगसम सम है अब बताओ जरा सा जब ये एक दूसरे के सर्वांगसम सम है कैसे है एक बार देख लो ये वाले कोर ये वाले कोर बराबर ये उभयनिष्ठ ये और ये त्रिज्या दोनों तो SAS से आप सर्वांग कर दिए। अब अब बताओ जब सर्वांग है तो क्या क्या होगा? बराबर होगा। होगा? होगा। होगा बराबर होगा बराबर बराबर समीकरण नंबर क्यों भाई? सी, सी, चलो। अब हम बात करते हैं। पूरे की बात करें। पूरे एक, दो तीन चार चारों मिलके मिलकर बराबर 180 सौ क्यों 180 सौ अस्सी एक है? ही रेखा पे बना या इसे हम कहते हैं रैखी को चले आगे बात करते हैं तो देखो यार यहां आप देखो एंगल एक दो के बराबर है तो जहां एंगल एक है वहां हम एंगल दो भी रख सकते हैं चलो अब एंगल जो चार है एंगल जो चार है वो एंगल तीन के बराबर एंगल चार के स्थान पर हम एंगल तीन रख देते हैं बराबर एक सौ अस्सी अब आप कहेंगे सर क्यों अगले वाले को नहीं भर ले भाई मुझे यहां दिखाना ना ये वाले और मुझे ये एंगल चाहिए इसलिए मैं इस वाले एंगल को इसके रूप में लिख दिया और इस वाले एंगल को इसके रूप में लिख दिया समझे आप अब बताओ एंगल दो और एंगल दो मिलके हो गए दो एंगल दो और वहां पर दो एंगल तीन हो गए बराबर एक सौ बताओ दोनों में दो कामन है एंगल टू प्लस एंगल थ्री बराबर एक सौ अब बताओ दो से कट गए ये कितने आ गए 90 अब देखो एंगल दो और एंगल तीन एंगल दो और तीन यहां से लेके यहां तक जिसे हम करें रहे हैं बी इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी और बराबर क्या 90 अंश शायद प्यारे बच्चों आपको यही सिद्ध करने के लिए दे रहा था कि आप एंगल एओ बी बराबर क्या प्रोक कीजिए नब्बे अंश तो इस प्रकार आपका नौवा नंबर भी कंप्लीट होता है उम्मीद है कि आपको नौ नंबर प्रश्न जरूर समझ में आया होगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ तो गाइज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 दस का 10वां प्रश्न करा है कि सिद्ध कीजिए कि, कि किसी बाह बिंदु किसी बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोल मान लेते हैं प्यार बच्चों ये बाय बिंदु है इनसे खींची गई ये स्पर्श रेखाओं के जो ये बीच का कोड़ है ये वाला को रहा है आगे कह रहा है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड स्पर्श बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ये है तो ये मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित को का संपूरक होता है यही आपको सिद्ध कर रहा यानी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल मिलकर 180 सौ अंश प्रूफ करना बस यही चीज हमको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों एक बार मैं सवाल को फिर से पढ़ दे रहा हूं सिद्ध कीजिए कि, कि किसी बाह बिंदु से वृत्त पे खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और दोनों स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोर का संपूरक होता है मतलब ये दोनों मिलके 180 एक अंश होते हैं यही कहने का मतलब है प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसके लिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान से देखना है केवल केवल एक मिनट। आप एक रचना भी पढ़े थे कि जो वृद्ध बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त की त्रिजा के साथ नब्बे अंश का कोल बनाती बनाती है या नहीं बनाती तो हम यहां लिखेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे लिखेंगे एपी जो ये एपी है या कह दें हा एपी स्पर्श रेखा एपी स्पर्श रेखा ओ ए त्रिजा पर समकोण अंतरित करती है यहां लिख देंगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों एपी अस्पर्श रेखा एपी अस्पर्श रेखा यानी ये जो एपी स्पर्श रेखा है ओए त्रिज्या पर क्या ओए त्रिज्या पर क्या करती है समकोण अंतरित करती है क्या करती है समकोण अंतरित करती है समकोण अंतरित करती है अर्थात ये नब्बे अंश होगा तो हम लिख सकते हैं पी ए ओ या ओ ए पी एंगल ओ ए पी बराबर नब्बे समीकरण नंबर एक हो गया ठीक अब आप अगला ध्यान दीजिए इसी प्रकार जो पीबी स्पर्श रेखा है इसी प्रकार पीबी स्पर्श रेखा पीबी स्पर्श रेखा ओबी त्रिज्या पर त्रिज्या पर समकोण अंतरित करती है समकोण अंतरित करती है अब बताओ जब समकोण अंतरित करेगा अर्थात हम लिख सकते हैं ओबीपी एंगल ओ बराबर नब्बे समीकरण नंबर दो इतनी बात आप समझे क्या इतनी बात आप समझ पाए अगर हम समीकरण एक और दो को जोड़ दे तो समीकरण एक और दो को जोड़ दे तो या ना जोड़े जोड़ देते हैं जैसी इच्छा आपकी दोनों प्रकार से आप हल कर सकते हैं तो समीकरण एक प्लस दो से एंगल ओ प्लस एंगल ओ बी पी बराबर नब्बे नब्बे नब्बे एक हो जाएंगे बच्चों तो नब्बे नब्बे हो जाएगा 180 समीकरण नंबर तीन अब आ जाइए यहां से छोड़कर सेकेंड स्टेप भी चलते हैं चतुर्भुज ए पी बी ओ चतुर्भुज चतुर्भुज ए ओ, बी पी में हमने पढ़ा चतुर्भुज के चारों कोडों का योग 360 होता है अर्थात एंगल ए एंगल ओ एंगल पी आ, एंगल बी बराबर 360 अब आप ध्यान से देखिए तो एंगल ए को ही हम ओ लिखते हैं अर्थात एंगल ए को हम ओ रख सकते हैं एंगल ओ को नहीं रख सकते एंगल पी को एंगल बी को हम ओ रख सकते हैं ओ बराबर 360 अब आप ध्यान से देखो तो समीकरण तीन कहता है कि ओ और ओ बी के बराबर है तो ओ एपी और ओ बी पी ओ एपी यानी प्यारे बच्चों ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है यह पूरा 180 सौ अंश के बराबर है तो एंगल ओ प्लस एंगल पी बरा प्लस क्या हो जाएगा 180, ये दोनों मिलके 180 हो गए बराबर 360। ये चीज उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा बताइए 180 उधर घट जाएंगे तो एंगल ओ प्लस एंगल पी 360 सौ माइनस एक घटा दें एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर आ जाएगा 180 अतः यही तो हम चाह रहे थे कि ये आमने सामने के कोई 180 सौ अंश हो जाए अतः हम लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं अतः इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है कि एंगल ओ एंगल पी के संपूरको है। है संपूरक है तो इस प्रकार आपका दसवां नंबर भी प्रश्न कंप्लीट होता है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर ग्यारह की तो गई प्रश्न नंबर ग्यारह का रहा कि सिद्ध कीजिए कि, कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम होता है यानी आपके इस चित्र व्हाइट बोर्ड पर एक चित्र दिखाई पड़ा प्यारे बच्चों ये एक वृत्त है इसी के परिगत ये चतुर्भुज एबीसीडी बना है आपको सिद्ध करना कि ये ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज होता है तो हम लोग बिल्कुल आसान से प्रूव करेंगे सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं आपस में अगर बराबर हो जाएं तो ये सम चतुर्भुज होता है तो रचना हम लोगों ने कुछ किया है वो रचना हम पहले लिख देते हैं प्यारे बच्चो वो रचना क्या है सबसे पहला ए और सी को मिला ए सी ओ पी और ओ क्यू ओपी और ओ क्यू को मिलाया इतना काम हम लोगों ने रचना में किया है फिर कुछ चीजें और हैं हम जानते हैं प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी भी एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है तो हम लिख सकते हैं जो पीबी है वो बीक्यू के बराबर होगा जो पीबी है वो किसके बराबर होगा बी क्यू के जो आर सी है वो सी क्यू के जो आर डी है वो डी एस के जो एस है वो एपी के क्या होगा बराबर होगा ये चीज हम लोग सुबह से लेकर अभी तक सीख तैयार है अब हमको जो प्रूफ करना है वो तो करना है कि यार ये वाली पूरी एबी भुजा बीसी के बराबर बीसी वाली डीसी के डीसी वाली ए डी के ए डी वाली ए बी के चारों बुझाए ब तो उसी को बराबर करने के लिए हम लोगों ने ये रचना किया है अब यहां त्रिभुज ए पी त्रिभुज ए पीओ तथा अगला जो त्रिभुज है वो अगला त्रिभुज आपका है ओ त्रिभुज ओ में जो एंगल पी है वो एंगल क्यू के बराबर क्यों बराबर है भैया क्योंकि दोनों नब्बे अंश ठीक अगला ध्यान से देखिए जो ओपी है वो ओ के बराबर OP OQ के बराबर क्यों बराबर वृत्त की त्रिज्या है क्या है वृत्त की त्रिज्या है अब आप बताओ। जब ये की त्रिज्या दो बराबर हो गए, एक और बराबर कर लीजिए बस आप। आप एक आप और बराबर कर लीजिए। अब आपकी अगली भुजाएं क्या बराबर होने वाली वो आप सोचिए जरा सोचिए तो भाई ये दो भूजा एक कोड़ बराबर कर लिए एक भूजा बराबर कर लिए अब आप अगला देख रहे होंगे जो ये एंगल है ये वाला और ये वाले एंगल आपस में क्या है बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है सॉरी जो चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का आपने आधा किया है ये लाइन से आपने आधा किया अर्थात कर सकते हैं कि चतुर्भुज के सामने के अर्धक कोल अर्धक कोण मतलब आधा को आपस में क्या होते बराबर थे अर्थात इसको लिख दे यार एक और इसे लिख दे दो तो एंगल एक एंगल दो के बराबर क्यों चतुर्भुज के क्या चतुर्भुज के सामने के अर्ध कोण सामने के अर्ध कोण अर्धक, कोड़। अर्धक कोड़। ठीक, ये हो सा नियम लगा साइड एंगल एंगल ना तो एंगल साइड एंगल एस ए एस ए सर्वांग समता नियम से ए एस ए सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ओ क्यू सी अब प्यारे बच्चों जब ये सर्वांग सम है तो हम लिख सकते हैं जो ये सी क्यू भुजा है वो ए पी के क्या है बराबर है CQ जो है वो AP के क्या है बराबर है CQ AP के बराबर है क्यों CP CT टी क्योंकि सर्वांग की संगत आपस में बराबर होती है. अब इसी प्रकार, अब हम अगर ये बराबर है तो ये PB जो है वो BQ के क्या होगा बराबर होगा PB BQ के क्या है बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि स्पर्श रेखा है एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई अस्पर्श रेखा अब आप समझो अब आप समझिए प्यारे बच्चों इसी बिंदु से यह भी स्पर्श रेखा खींची गई है इसी बिंदु से यह भी स्पर्श रेखा खींची गई इसीलिए दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या बराबर है अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों पक्षों में या सी जोड़ दें या एपी जोड़ दें तो चाहे जो भी जोड़ सकते हैं तो दोनों पक्षों में पक्षों में एपी जोड़ने पर अब बताओ जो एपी जोड़ेंगे तो यहां पीबी प्लस क्या आ जाएगा एपी आ जाएगा और यहां बीक्यू प्लस एपी आ जाएगा बीच में बराबर का चेहन अब देखो आपने यहां कहा कि जो AP है वो CQ के बराबर हो जाएगा यहां जो AP पी है वह हम वहां CQ लगा सकते हैं इस यहां तो और ये पी बी प्लस ए पी आया बराबर BQ प्लस क्या आ गया CQ अब आप देखिए जो PB और AP मिलके A और B का निर्माण कर रहे हैं अर्थात ये AB के बराबर होगा और जो अगली होगी BQ और CQ मिलके BC का निर्माण कर रहे हैं तो AB बराबर क्या हो गया BC हो गया अब इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर एक इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जब हमने AB को BC के बराबर प्रूफ कर लिया तो सेम प्रोसेस हम यहां पर भी कर सकते हैं अगर रचना करें तो ऐसा चित्र यहां पर बन जाएगा एक ऐसे करके और एक ऐसे करके ठीक तो इसी प्रकार हम यहां ये लिख देंगे जो डी है वो एडी के बराबर हो जाएगा इसी प्रकार जो डी है वो ए के क्या होगा बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर दो हो जाएगा जो डी है ये वाली भुजा वो ए के बराबर हो जाएगी अब अगर हम इन दोनों को सर्वांग समे तो AD जो है वो AB के बराबर हो जाएगा जो AD है वो AB के बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर कौन हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक और उसी प्रकार हम कह सकते हैं जो DC है वो आपकी BC के बराबर हो जाएगी जो DC है वो किसके बराबर हो जाएगी BC की समीकरण नंबर चार अब एक दो तीन और चार समीकरण एक दो तीन व चार से क्या कह सकते हैं शुरुआत करो जो ए बी है वो बीसी के बराबर अब जो बीसी है वो डी सी के बराबर और जो ये डी सी है वो ए डी के बराबर है जो डी सी है वो किसके बराबर ए बी के बराबर अब देखिए जिनकी जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो वो कौन सा चतुर्भुज होता है बच्चों अतः लिख सकते हैं ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। एक है है ठीक ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11 आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 12 की तो गाइज आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा प्रश्न में ये कह रहा है कि आपको जो ये AC भुजा है और AB भुजा यही आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों AC ज्ञात करना और AB ज्ञात करना है तो AC और AB को ज्ञात करने के लिए कुछ रचना करना पड़ेगा वो रचना हम लोग यहां पर करते हैं प्यारे बच्चों तो अगर ध्यान से देखिए तो रचना कुछ इस प्रकार करेंगे हम लोग कि रचना इस प्रकार होने वाला प्यारे बच्चों की ये जो रेखा खींची गई है ये रेखा और इस रेखा को हम लोग हटाते हैं फिर से एक बार इसका क्या कर लेते हैं रचना करते हैं तो रचना करेंगे तो कुछ ए, एक रचना हम लोगों ने इनसे थोड़ा सा आप लोग स्किल का मदद लीजिएगा तो ये यहां पर आके प्रतिच्छेद करेगा ठीक एक रचना ये हो गया अगली रचना करेंगे तो ये वाली यहां से होकर तो यहां ये जो बिंदु ई है वो यहां नाम दे देते हैं ना अब ध्यान से देखिए तो जो जो रचना हम लोगों ने किया है वो रचना मिला लिखेंगे रचना क्या लिखेंगे रचना में सबसे पहले लिखेंगे e B F यानी F B और C e यानी और e को मिलाया बस इतना आपने रचना किया है आगे ध्यान से देखिए अब आप देखिए कि यहां से लेके अगर छ है तो प्यारे बच्चों ये भी छ हो जाएगा क्यों क्योंकि ये छा इसलिए होगा क्योंकि एक ही बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा है एक ही बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा है अगर आठ ये है तो आठ ये भी हो जाएगा इस बात को ध्यान दीजिएगा ना अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि ये वाला भुजा एक्स मान ले तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगी अगर मैं आपसे टोटल की बात करूं टोटल यानी यहां से लेके यहां तक तो यस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों टोटल यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो एक्स प्लस क्या हो जाएगा छ हो जाएगा ना और यहां से लेके यहां तक की टोटल हो जाएगी एक्स प्लस आठ अगर आपको इतनी बात समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं और ये टोटल हो जाएगी आठ छह चौदह बस अब आगे आपको करना क्या है प्रोसेस क्या है वो आप ध्यान से देखिए प्रोसेस ये है प्यारे बच्चों कि आपको सबसे पहले पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो त्रिभुज आपका तीन भागों में बटना बटा है प्यारे बच्चों एक ये वाले त्रिभुज देख रहे हैं आप ये वाला त्रिभुज यहां से लेकर यहां तक और एक वाला ये वाला त्रिभुज यहां से लेके यहां तक और एक जो है एक त्रिभुज और एक त्रिभुज ऐसे यहां से हो गया अगला त्रिभुज यहां से हो गया और एक वाला ये वाला प्यार बच्चों का क्षेत्र निकाल के हम बराबर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्यार हम का हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हिरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे तो हिरोन का सूत्र क्या होता है भाई हिरोन का सूत्र होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो सबसे पहले हम यश ज्ञात कर लेते हैं। यश होता है परिमाप यानी इनके तीनों भुजाओं का योग तो एक है एक्स प्लस छक्स एक प्लस आठ और एक है प्यारे बच्चों आठ छह बटे कितना होता है दो तो यक्स यक्स जोड़ के हो गया? दो यक्स आठ चौदह आठ छ चौदह चौदह चौदह बटे दो ऊपर से हम दो कामन ले सकते हैं तो यहां आ जाएगा x और यहां आ जाएगा चौदह दो।, दो से दो कैंसिल तो x की वैल्यू आ गई x प्लस चौदह आपने y का मान निकाल लिया अब हमको क्या निकालना है हमको ये निकालना है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हिरोन के सूत्र से बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा पहले हिरोन के सूत्र का फॉर्मूला उपयोग करेंगे तो एस होगा फिर क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस बी क्या हो जाएगा s माइनस सी ना अब ध्यान से देखना तो s की वैल्यू रख देते हैं यहां से s की वैल्यू तो यश की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए x प्लस चौदह है x प्लस कितना है चौदह है अगला s माइनस ए तो यश तो वही है x प्लस चौदह माइनस ए तो a के स्थान पे अगर हम x प्लस छ रख दें यहां पर देखिए x प्लस कितना हो जाएगा अच्छा हो जाएगा यहां पर ठीक आगे ध्यान से देखिए आगे, आगे आपको ध्यान से देखना अगला क्या है अगला आपका है फिर s माइनस बी तो एस b बी, बी के स्थान पे x है और b के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या है एक्स प्लस, प्लस आठ है और फिर अंडर रूट में s माइनस सी एक्स के स्थान पे पर माइनस c तो c के स्थान पे भैया चौदह है चलिए अब हम इसको हल करते हैं तो ध्यान से देखिए ध्यान से देखिएगा तो क्या आ जाएगा यहां पर x 14 मिलेगा आपको एक में x x तो तो कैंसिल हो जाएगा जाएगा जाएगा 14 में से 6 घट तो 8 आ x x कैंसिल होगा तो 14 में से 8 घट जाएगा 6 आ जाएगा 14 से 14 कैंसिल होगा तो यहां x आ जाएगा समझे आप तो आप देखिए अगर हम इसको गुणा करें तो आठ छंगे कितना हो जाएगा 48x आ जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा 14 और कितना आ जाएगा यहां पर 48x कितना आ जाएगा 48x एक्स ठीक रखे रहिए ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बात समझे आप बड़े वाले अब इसी बड़े वाले त्रिभुज को ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है अब इसी बड़े वाले त्रिभुज को तीन भागों में बांटकर हम लगाएंगे हमने इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्टली निकाला अब इसी त्रिभुज को हम तीन भागों में बांटकर निकालेंगे और तब दोनों एरिया को बराबर कर देंगे आइए देखते कैसे अब उसके लिए हम लोग एक रचना कर देते हैं। फिर से ये वाली लाइन ये जो लाइन खींच रहे यानी ए -ओ को मिला देते हैं ना तो जो ये त्रिभुज है वह त्रिभुज कुछ आपका बढ़ जाएगा ऐसे ए ओ सी तो लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो दो भागों में बटेगा तीन भागों में कौन कौन है एओसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा सीओबी ना त्रिभुज सीओबी का तो फार्मूला हम लगाएंगे एक बटे दो आधार गुड़े ऊंचाई तो एक बटे दो आधार अब एसी एसी ए का आधार है एक्स प्लस ऊंचाई प्यारे बच्चों वही है जो इसकी है चार सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर ना वृत्त की त्रिज्या कितनी है चार ही सेंटीमीटर है ना प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं चार सेंटीमीटर दिया होगा खुद आपके प्रश्नों में हाँ, कितना दिया है चार सेंटीमीटर तो ये चार है ये भी आपका चार है ये भी आपका चार है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा तो एक बात फिर से मैं आपको समझाना चाह रहा का जो क्षेत्रफल है है है वो आधार कितना है? x plus 6 है, और ऊंचाई कितनी है चार है इस बात को ध्यान देना है ठीक प्लस एक बटे दो ए का आधार एक्स प्लस है और ऊंचाई जो है ना ऊंचाई वही चार है प्लस त्रिभु सीओबी सीओबी का आधार पूरा चौदह है और ऊंचाई कितनी है चार तो जो कैंसिल हो रहा होंगे कैंसिल आप कर दीजिएगा दो दूनी चार दो दूनी चार दो दूनी चार, चार कैंसिल हो गया ठीक तो यहां पर आ जाएगा यक्स प्लस छ आ जाएगा ना दो सब में कॉमन है प्यारे बच्चों दो सब में क्या है कॉमन है या तो आप गुणा कर दीजिए तो दो यक्स आ जाएगा प्लस दो छमगे बारह वहां भी दो एक्स प्लस दो अट्ठे सोलह और चौदह दूनी अट्ठाईस ना अब देखिए दो दो चार एक्स चार एक्स और प्लस यहां कितना मिला है बारह सोलह अट्ठाइस और अट्ठाइस अट्ठाइस क्या हो गए छप्पन तो या आ गए छप्पन अगर हमने आपसे कहा कि यहां से चार कामन ले लेते हैं क्या काम ले ले चार तो यहां पर आ जाएगा x प्लस चौदह क्या आ जाएगा क्षेत्रफल है और वो भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे या नहीं होंगे भैया दोनों बराबर होंगे ना तो दोनों बराबर होंगे तो आप ये समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दो तो समीकरण एक और दो से ये पक्ष बराबर हो जाएंगे तो समीकरण एक दो से क्या कर सकते हैं यहाँ लिख देंगे में x अड़तालीस कितना है? और इधर कितना है? प्लस कितना चौदह अंडर उठ हटाने के लिए प्यारे बच्चों हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे जैसे ही दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये अंडरऊट हट जाएगा यहाँ x प्लस चौदह और कितना बच जाएगा अड़तालीस एक्स आ जाएगा और यहां पर चार कितना आ जाएगा चार और चार फिर एक्स प्लस चौदह का होल स्क्र न ये आ जाएगा तो जरा सा अगर हम सोचे कि अगर इस चार को इस चार को हम चार गुड़े चार रख दे तो होल स्क्वायर खत्म और एक्स प्लस चौदह को एक्स प्लस चौदह एक बार और एक बार एक्स प्लस एक बार लिख दें और इधर यक्स प्लस चौदह एक बार हो गया ये अड़तालीस एक्स आ गए तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए ये ये कैंसिल हो जाएगा देखो को चार चौके सोलह अड़तालीस आ जाएंगे तो इधर बचा तीन एक्स क्या बचा प्यारे बच्चों इधर बचा है तीन एक्स और उधर बचा है एक्स प्लस चौदह यक्स बचा है ना तो एक्स इधर आ जाए तो तीन एक्स माइनस ठीक तो दो एक्स बराबर चौदह दो सतह चौदह जब सात आ गया तो आपको एसी करना क्या ज्ञात करना ए सी जो कि तेरह तो ए सी का मान मिल गया फिर आपको क्या ज्ञात करना है ए क्या ज्ञात करना है ए तो ए बी जो है एक्स प्लस आठ के बराबर है तो एक्स का मान सात प्लस आठ ए बी बराबर कितना आ गया पंद्रह तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप ए सी और ए बी का मान ज्ञात कर पा रहे हैं एक बार आप इस सवाल को फिर से रफली समझिएगा प्यारे बच्चों क्योंकि सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है लंबा नहीं है बस ये नहीं मानना है कि सवाल लंबा नहीं बस प्यारे बच्चों ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके बुक में यह चित्र बनाया गया था केवल रचना हमने एफ और ई को मिला है और साथ में ए और ओ को मिलाया है ठीक अब उसमें हमने पहले इस त्रिभुज ए बी सी या फॉर्मूला है इस प्रकार आपका बारह नंबर कंप्लीट होता है उम्मीद है कि आपको बारह नंबर एक बार जरूर समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों तो केवल आप एग्जाम आपका काफी नजदीक है तो एक बार आप इसका रिपीट जरूर कीजिएगा एक स्क्रीन सवाल लीजिएगा फिर हम इस अध्याय की लास्ट सवाल की चर्चा करते हैं तो गैज आपका जो तेरह नंबर प्रश्न है ना वो ये क्या रहा है कि किसी वृत्त के परिगत जो बना हुआ चतुर्भुज है उसके आमने सामने के कोण जो होते संपूरक होते हैं मतलब यार जो एडी है ना एडी के सामने का कोण ये है एंगल एक और एंगल दो और जो ये बीसी है बीसी के सामने का एंगल एंगल छंगल पांच है तो मिला जुला के एंगल छी ओ सी बना रहे हैं और एक और दो मिलकर ए ओ डी बना रहे हैं तो इन दोनों कोडों का योग एक सौ अस्सी हो जाए या दूसरे भाषा में बात करें तो एंगल तीन और चार मिलके डी ओ सी बना रहे हैं और एंगल आठ और सात मिलकर एओ बी बना रहे हैं तो डी ओ सी और एओबी का योग एक सौ अस्सी हो जाता है दोनों में से आप कोई भी एक प्रूफ कर लो आपका कंप्लीट हो जाएगा सॉल तो उसके लिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमको यह समझना है प्यारे बच्चों कि जो एंगल एक है वो एंगल आठ के बराबर होगा क्यों बराबर होगा क्यों एंगल एक एंगल आठ के बराबर होगा क्योंकि जो स्पर्श बिंदु होता है वो केंद्र पर स्पर्श बिंदु से खींची गई रेखा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है यानी यहां से लेके टोटल यहां से लेके टोटल इतना नब्बे हो जाएगा अब हमने इसको भा, आधे भागे में बांट दिया तो आधा इधर हो गया आधा इधर इसलिए कोर एक कोर आठ के बराबर हो जाएगा इसी प्रकार सेम टू सेम कोर दो कोर तीन के बराबर होगा कोर चार कोर पांच के कोर छह कोर सात के बराबर होगा अब हमने कहा बिंदुओं पर बना सभी कोरों का योग तो हमने जोड़ा तो 360 हो गए अब यहां पर ध्यान देना है जो एंगल एक है एंगल दो है अब एंगल तीन एंगल तीन जो है वो किसके बराबर है? देख लो एंगल तीन एंगल दो के बराबर एंगल दो रख देंगे एंगल चार एंगल चार जो है आपका एंगल पांच के बराबर है तो एंगल पांच रख देते हैं एंगल छ एंगल छह जो है आपका वो आपका रहने दीजिए यहीं पर इसको नहीं बदलना अब आप कह रहे होंगे क्यों सर नहीं बदलना है भाई देखिए जो यहां से यहां वाले मारे हैं उनको बदलेंगे नहीं छह और पांच को नहीं बदलेंगे ना तो एक और आठ को बदलेंगे या तो हम आठ को बदल देंगे ना तो ये ध्यान देना बस अब आप देखो प्यारे बच्चों यानी कहने का मतलब है कि हम एक और दो को नहीं बदलेंगे और पांच और छ को नहीं बदलेंगे तो चलो अब जो सात है वो सात किसके बराबर है एंगल छह के और एंगल आठ एंगल एक के बराबर है बराबर 360 अब आप देखिए सब डबल डबल हो गए एंगल एक एंगल पांच एंगल छत दो एंगल वन आ जाएगा फिर दो एंगल टू प्लस दो एंगल पांच प्लस दो एंगल छ बराबर तीन सौ साठ दोनों में सब दो दो कामन है तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स बराबर तीन सौ साठ दो से कैंसिल किए भाई एक सौ अस्सी आ गया ठीक अब नेक्स्ट स्टेप में देखें एंगल एक एंगल एक और एंगल दो एंगल एक और दो एक और दो मिलकर ए ओ डी बना रहे हैं तो एंगल एओ हो जाएगा प्लस अगला पांच और छ पांच और छ मिलके मिलकर बीओ सी बना रहे एंगल बीओ सी बराबर आप प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना चाह रहे थे यही चीज आप प्रूफ करना चाह रहे थे अब सेम प्रोसेस हम लोगों ने जिस प्रकार अभी एक और दो को नहीं बदला था अब इस बार एक और दो को बदलकर दूसरे रूप में ला देंगे जैसे मुझे अब अगली बार क्या लाना है मुझे अगली बार ये लाना पड़ेगा प्यारे बच्चों अगली बार मुझे आठ और सात नहीं बदलना रहेगा आठ और सात नहीं बदलेंगे तीन और चार नहीं बदलेंगे बाकी सबको बदल देंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला भी पोर्शन आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर तेरह भी सवाल कंप्लीट होता है और पूरी अध्याय भी समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रचनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे और रचनाएं एकदम सरल और आसान भाषा में समझाया जाएगा प्यारे बच्चों वो भी दो क्लास में आपका समाप्त कर दिया जाएगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत हाँ दोस्तों एक बात और ध्यान देना उम्मीद है आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी वो पसंद आई होगी कि दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा